是的

और क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर थे आपसे उन भैया तो को बोलो उन भैया को

आगे है, आगे के लोग हैं। हाँ, इस टाइम पे कहाँ सा? नकल लाया हो जाए। नकल लाया रहा है।

Oh wow.

पी एस साहब

गोल्ड

लाइन बनवा दो ना

भैया किस लिए बाहर बताया कमेटी कमेटी के

で <laughs>

We are the people.